जंगल में सांपों सापो की लड़ाई होती है कोई आदमी देखने नहीं आता है यहाँ पे देखो इसकी लड़ाई होगी तो सारे आदमी देखेंगे देखो ये सांप के अंदर तार नहीं है मशीन नहीं है सेल नहीं है एक मंत्र मार दूंगा तीन बार बांस लिए ऐसे घुमा दूंगा तो ये सांप ऐसे चलेगा जैसे चलते हैं तुम्हारी नजर में देखो ये चलेगा और मेरी नजर में यही रहेगा क्योंकि इसको बोलते हैं नजरबंदी देखो कलाकारी इसकी देखो जी इतनी जगह में और इतने कुंडल में देखो ये चलेगा इससे ज्यादा नहीं चलेगा और देखो जितनी जगह में ये चलेगा सारी जगह लाल हो जाएगी और ये कैसे चलेगा रंग कैसे बदलेगा देखो ऐसे बदलेगा पहले मैं आपको बता दू क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं आपके समझ में आएगा नहीं पहली कलाकारी और पहला जादू देखो ये है इसका देखो अपने अपने डिजाइन के और अपने-अपने कलर के पत्ते हैं इधर भी ताश हैं और इधर भी ताश हैं ऐसे हाथ कर दूंगा इनका रंग बदल जाएगा पर्दा नहीं लगाऊंगा आपके सामने देखो ये व्हाइट पत्ता है ऐसे मिला दूंगा ये बादशाह को हटा दूंगा ये ए... ये बादशाह को देखो यहाँ रख दूंगा ये सारे पत्ते में ऐसे में ला दूंगा तीन बार ऐसे घुमा दूंगा सांप पे तो ये चलने लग जाएगा फूंक मार देना भाई जी देखो इन भाई ने फूंक मार दिया मैंने जादू मार दिया ये सारे पत्ते देखो वाइट हो गए सारे आदमी देखा जैसे ये सारे पत्ते वाइट हो गए अब मैं जादू मार दूंगा ये चलने लग जाएगा और देखो ये पत्ता गेब हो जाएगा और इसका सोका नोट बन जाएगा देखो तीन देखो ये दो काले है लाले चिड़ी हुक्म ईट गौर से देखना कहा बीमारी है पीछड़ गया यार देखो जी सारे यार देखो ये तीन बादशाह हैं चिड़ी का हुकम का ईट का ये बीच में देखो हुकम वाला बादशाह निकाल के देखो मैं यहाँ दूंगा सबके सामने ये दो बाशाह रह जाएंगे कौन से रह गए देखो ये रह गए देखो दोनों लाल वाले चिड़ी का और ईट का ये हुकम वाले बादशाह को मैं बोलूंगा एक दो तीन तो ये हुकम वाला बादशाह के बोल जाएगा दूसरा पत्ता बन तैयार हो जाएगा देखो सारे भैया ये मजा नहीं आया अब ये केबे में मंत्र मारूंगा तो ये इक्का के हो जाएगा इसका नोट बन जाएगा देखो 500 का कागज का देखो लेके आओ आरा दो मिनट के लिए देखो ये रख दिया मैंने साफ के सामने तीन बोल दूंगा देखो कैसे नोट बनेगा इसका आपकी नजरों के सामने और देखो ये अपने अपने डिजाइन के और अपने अपने कलर के पत्ते हैं देखो इधर से भी ये अलग अलग हैं और देखो इधर से भी ये पत्ते अलग अलग हैं मंत्र मार दूंगा सारे पत्तों का बेगम बन जाएगा हुक्म का अभी देखो ये गड्डी अपने अपने डिजाइन की और अपने अपने कलर की है एक दो तीन बोलूंगा सबका बेगम बन जाएगा देखो हुक्म का लेके देवी माता सबका बेगम बना दो अभी देखो अलग अलग है और देखो इधर से भी अलग अलग ये बेगम की ऐसे लगा दूंगा एक दो तीन बोलूंगा सबका बेगम बन जाएगा देखो जब सबका बेगम बन जाए तो ताली बजाना ना बने तो ताली मत बजाना देखो फूक मारूंगा गुरु का नाम लेके इसको मैं बोलूंगा एक दो तीन तो सारे बेगम बन जाएंगे देखो जी जैसे ये सारे बेगम बन गए अब मैं एक मंत्र लगा दूंगा तो नोट बन जाएगा पांच सौ का जो मैंने बोला है देखो लेके आओ जरा गुरु महाराज देखो जी ये रख दिया मैंने इक्का के ऊपर तीन बोल दूंगा नोट बन जाएगा देखो सो पांच सौ यहां से देखो जी यहां से वहां से रंग बदल जाएगा देखो ये है डंडा गुरु जी का 11 जादू बनाए थे उन्होंने इस डंडे में मैं आपको बताऊंगा नहीं करके दिखाऊंगा देखो पहला जादू और पहली कलाकारी देखो ये है इसकी ऐसे मार दूंगा ऐसे रगड़ दूंगा नीचे रख दूंगा थोड़ी मट्टी ऐसे लगाएंगे मुठ्ठा बंद गुचड़ू देखो जी एक बन गया यहाँ जी लटका बनाए वहां कागज का बनेगा बने देखो एक दो तीन देखो एक वही मट्टी ऐसे लगाएंगे मुठ्ठा बंद गुचड़ू देखो दो वही मट्टी ऐसे लगाएंगे मुठ्ठा बंद गुचड़ू इतने बन उसको मैं दो सौ रुपए नाम के दूंगा बनाऊंगा इसमें से निकाल के निगा के नहीं आएंगे और ये छे कैसे बन जाएंगे देखो छे हो जाओ गोर से देखना सारे भैया लोग छे बन जाओ घुस मेरे गुरुजी ने बोला कभी भी तीन के छह बनाओ तो झोले की मट्टी लगा दो देखो मैं अपने झोले की इतनी मट्टी ऐसे मार दूंगा तो छे बन जाएंगे देखो देखो इतनी मट्टी ऐसे मिला दूंगा तो छ बन जाएंगे देखो तो डाल अभी डाला नहीं है डाल अभी तीन है ये रहे मैंने देखा भाई जी आपने निकाले हाँ ये तीन हैं इसमें से छ निकलेंगे अरे तीन ही हैं ये रहे ये खाली है अभी तीन ही है आपको धोखा लग गया मैं दोबारा दिखाता हूँ देखना भाई जी असली नकली है देखना यार कैसा है भैया जी असली है नकली तो नहीं है दे दो मुझे देखो जी एक ले भाई देख चेक करके देख असली है या नकली है चेक करके मेरे को ही दे दिए नोट बन जाएगा फिर कागज का देखो चेक करके सन कौन सा है सिक्के सन सन तो तो पे? सन नहीं दिख रही है। मुझे बताता हूँ सन का, है। सन का वो ही देखना भाई जी सिक्के में सन नहीं है देख के और मेरे को ही दे, दे देना फटाफट है क्या भैया इसे सन नहीं दिख रहा पकड़ जल्दी देख कौन सा सन का है फटाफट जल्दी देखिए आगे। आगे। कौन सा है नहीं दिख रहा मुझे दो मैं बताता हूँ देखो देखो जी एक है ये, ये यहाँ रख दिया और देखो ये दो हैं। इनको मैं बोलूंगा एक दो तीन कुछड़ू पास नहीं देखो यहाँ पे सुनिया भाई हो जाए थोड़ा देखो जी ये दोनों सिक्के ये दो सिक्के हैं। ऐसे खेच दूंगा तो चार हो जाएंगे हो गए। देखो में हो जी हो। हाँ जी अब ऐसे कर देंगे तो कागज का नोट बन जाएगा देखो वो भी पाँच सौ का देखो कागज का कैसे बनता है कितने हैं पकड़ो मुट्ठी बंद कर लो फूक मार दो एक रुपया करके चारों यहाँ रख दो पाँच सौ का बन जाएगा जी, सिक्का तो है ही ही नहीं नहीं हाँ रख दो बीच में भाई जी मैं से तो मेरे पास तो है नहीं। क्या नहीं है सिक्का मैंने कितने दिए थे चार, चार दिए थे आ, तुमने फेंके कितने थीण. तो एक और फेंको तेरे पे नहीं है गलती तेरी नहीं है सिक्का यही है तुझे तो दिख नहीं रहा क्या तो उठा लो हाथ में उठाओ कितने है क्या दो कागज का नोट बना दो कागज का एक बार खोपड़ी पे घुमाओ खोपड़ी <laughs> कितनी बार घुमाया एक बार और घुमा दो वहां पहुंच जाओ दो बार घुमा दिया एक बार जब मैं बोलू जब घुमाना पहले नहीं घुमाना बोलो जादूगर इधर से पीछे हो भी थोड़ा बोलो मंत्र लगा दो कच्चा मंत्र लगा दो पक्का बैठ जाओ आप इधर देखना सामने मैं पक्का मंत्र लगाऊंगा आप घबराना नहीं ये घबराने वाला काम नहीं है सामने देखना आप उधर देखना आप अरे यार कहाँ बजा रहा है यार मंत्र लगा रहे उधर देखो लगाओगे अरे यार ऐसे बोला जादूगर कह दो ऊपर ऊपर मत, मत करो अंदर अंदर करो झोले के अंदर क्या नाम है आपका बाबू कहाँ रहते हो भाई रहते हैं देहरादून में किसके हुक्म से रहते हो अपना हुक्म मानते हो और अपने माँ बाप का भगवान का और मेरा नहीं खेल बिगड़े जाएगा ऐसे बोलो मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानोगे लड़ोगे भाग जाओगे खड़े हो जाओ एक हाथ हिलाओ दूसरा भी हिलाओ दोनों हाथ आगे करो सच बोलोगे झूठ अब ये किसका हुक्म चल चलो अब तो मेरा है तो बोलो नोट बना के नहीं बना, नहीं बना बोलो पहले नोट बना दो नोट बना दो लिया सबके पहले मैं आपको कागज का नोट बना के दे दू बैठ जाओ कितने कितने हैं? तीन। अब रह गए? एक। एक एक हट। देखो जी एक ये सिक्का सिक्का है इसके हाथ में दूंगा वैष्णु माता का मंत्र मार दूंगा इसके 11 नोट बन जाएंगे। देखो सो सौ के फूंक मारो ये रुपए को उठाना तीन फूंक मारना सौ सौ के नोट बन जाएंगे। उठाओ जल्दी जल्दी उठाओ। अरे यार भाई अच्छा बोलो, इस कपड़े में कोई नोट तो नहीं है ग्यारह सौ रूपए तो नहीं है छू के देखो क्या नाम है जंतरु मंत्रु बाबू के लिए ज्यादा नोट बनंतु पकड़ वहां जाके झड़का दिए नोट नीचे गिरेगे जाओ बना, बना दो मैं ठुस आप बोलना अंदर जाके घुस ठीक ठीक है है नोट आएगा सप्ताली बजाएंगे फिर ठुस अंदर जाके घुस हाँ देखो रगड़ के है झूठ मत बोलो यार नहीं नोट नहीं आया खोपड़ी पे घुमा ले थोड़ा पीछे हो से माता पीछा वैश्विक नोट नहीं आया 1100 रुपए लाओ मंदिर वाले छोड़ दो अंदर लाके देख झगरा कर आ गया सबको निकाल के दिखा दो रुक जाओ ये डब्बे में बैठो पालथी मार के दो बैठो इसमें पालती मार के बैठो और कपड़ा गोद में रख लेना एक एक नोट निकाल के जाल पे रखना खत्म हो जाए घुस के देना और आ जाएंगे निकालो एक एक करके मैं बाजा भैया दू प्यार प्यार से निकालना क्या तुझे? हाँ। काई को? कर तो कर रहा है यार। न्यू न्यू कर रहा है हाँ। है? है यार? यार। रुक रुक जा। जा। उतरो इधर आ। मैं देख लेता ऐसे क्यों तेरी टट्टी हो रही है यार। हाँ। ये राया तीन बार बचा। नहीं है मेरी तरफ पूरे देख। तो एक एक को को पकड़ेगा तो बजेगा, दोनों को पकड़ लेगा, पूरी रात ले। इसे इसे जिसको तू मानता है उसका नाम लेके फेंक दियो यह हो जाएगा रोची की कसम नोट बाहर आ जाएगा छह बार घुमा के फेंक दो तू हुआ था कार्ड से आया था नहीं भाई। क्या कुछ रहे मैं आगे घुस ले जाओ तीन बार वहां घुमाओ तीन बार यहाँ घुमाओ दो फूक मार के फेंको अब बनेगा नोट घुमाओ मैं बाजा भैया दो फूक मार के यही फेंक दो हाँ, इसको फूंक मार के फेंक दो यार ये तो, ये तो खुली नहीं रहा अरे क्या हो गया तुझे? मैं जा रहा इसे यार। तुम जा रहे हो आ, तुम चले जाओ मैं दूसरे को बिठा लूंगा जाओ मैं इसे अच्छा ऐसे बोलो जादूगर जादूगर क्या खोल दो वहां जाओ सामने मैं खोल देता हूँ बोलो खोल दो ऐसे पयामा पकड़ो खुल जाएगा कस के पकड़ो ले जाओ जब खुल गया इस वाले को हटाओ ले ले, पैर भी लेपका दूंगा चल सामने आ झटका लगाओ पहले से बढ़िया लग रहे हो बोलो जादूगर कह दो खोल दो नहीं तो गुस्सा आ रहे मैं जा रहा हूँ दफा हो जाओ अबे यार ये तो खोल, खुलवा के जाएगा कह दो खोल दो पैर भी लाओ देख ये ये काम में करता ना पता है क्यों रहा है क्यों क्योंकि तू तू इसमें नोट थे बता था खेल बकवास मजा आया, मजा नहीं आएगा एक दो तीन बोल दूंगा तेरे हाथ खुल जाएंगे ऐसे हाथ घुमा दूंगा अपनी माँ की कसम ये सारे आदमियों को तेरा इतना चेहरा बंदर का दिखेगा बना के दिखाऊ सामान में आग लगा दी देख एक, नहीं। एक दो तीन बोलूंगा बंदर की शक्ल दिखेगी देखो क्या तो खोल दो पहले कौन सा खोलू? ये वाला खोलू चिप चिपकाना जानता हूँ खोलना नहीं जानता समझ गए अबे कौन इसे यार एक तरकीब है कर लेगा खुल जाएगा नहीं करेगा नहीं खुलेगा क्या तो बता दो भेड़िया मैं तुम्हें तरकीब बता दू बोलो क्या है ये अपना क्या तो फाड़ दो फाड़ दो हाँ त्रूम साहब आपका माल फाड़ दो फाड़ूंगा नहीं जादू दिखाऊंगा देख कलाकारी। देखो जी आपने जादू का नाम सुना अपनी आंखों से नहीं देखा अपनी आंखों से देखो जादू कहते किसे हैं। देखो कलाकारी कितनी बढ़िया है ये वाले आइटम की गोर से देखना सारे आदमी देखो भाई बोलो ये क्या कर दिया गौर से देखना सारे आदमी कितनी बत्ती बनाई एक, एक। जादू किसको कहते हैं वो देखो अपनी आंखों से अब बोलो कितनी बत्ती हो गई दो, दो। बोले ये दो बत्ती के अंदर मैंने ये क्या कर दिया एक लगा दी कितनी लगाई एक। अब कितनी लगाई दो। लगा मेरे खोलोगे आप क्या तो खोल दूंगा, दूंगा। भगवान तुम्हें आज ही ले जाए कहा ले जाए तुम्हारे घर पे अब बोलो कितनी हो गयी तीन पक्की कर दूंगा अब कितनी हो गयी चार क्या दो पक्की कर दो पक्की कर दूंगा कपड़ा फट गया गिठाना खोले ज्यादा खेचूंगा फटी जाएगा पक्की कर दूंगा ऐसे चार। चार चार। चार। करके, है, है। करके देखो कच्चिया पक्की इधर से पकड़ लो बोलो ऐसे खेचेंगे क्या होगा छोड़ दो भैया जी देख इसको पकड़ के मैंने ऐसे खेचा या इसको पकड़ के मैंने ऐसे खेचा तो यह कपड़ा फटी जाएगा मजा नहीं आएगा कितनी गाठ है ये पांच पांच बोले ये पांच गाठी मैंने सारे भाइयों को दिखा के वैष्णो माता का नाम लेके बोला ये पांचों गाठी कहाँ पे रख दी ये नीचे चलो देवी माता ले जाओ एक दो तीन कितना बोला तीन कहने में टाइम लग गया ये पांचों गाठी अपने आप खुल गया खोल गई ऐसी तेरा पायजामा खुल जाएगा फकर बंदर की बन जाएगी यार। दो फुकमा और हाथ पे कह तो दो खोल दो तो। पहले कौन सा खोलू ये वाला उसकी चिंता जाती है आराम से खुलेगा ताकत मत लगाइयो। खुल गया। नीचे। हाँ बेड़िया मैं तेरी शकल बना के दिखाता हूँ मंदिर की दो बाद हाँ बाद में ठीक हो जाएगा एक गिलास पानी मंगवा दे चाचे को दो फुकमारे भी एक एक उंगली करके खोल देख कैसे बदलती है तेरी शकल खोल गए खोल फिर प्यार प्यार से अबे यार यार। यार रही रही है है। क्या लगाई? देखिए खोल दो बोल जे खुल जाएगा तेरी इतनी शकल बदल जाएगी तू भी देखेगा आ? मर्द बन के देखेगा जनाना मर्द, मर्द कच्चा पक्का शेर नी शेर मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा खिजड़ी खिजड़ा तो तू अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं कह मैं रहा ऐसी कैसा कागज है वाइट है तो लिखा हुआ तो नहीं है ये कागज में यहाँ तीन बार घुमाऊँगा ठीक है देखो जी कलाकारी वाइट कागज है लिखा हुआ नहीं है गोर से देखना सारे भैया चलो वैश्व माता देवी माता दो मिनट के लिए इसकी शकल बदल के दिखाओ सारे आदमियों को जब बदल जाए तो सारे बाबू ताली बजा देना बोला भैया ये क्या उठा लिया चलो देखो जी कलाकारी मार देना भाई जी। आता बदल दो इसको। सकल दिखनी चाहिए सारे आदमियों के सामने जब इसकी सकल आप सारे भाइयों को बंदर की दिखे तो सारे बाबूजी जी बड़ी बड़ी से देखना तीन मिनट कोई आदमी बड़ा पैर पीछे करके मत देखना चल पे खड़ा हो जाए सकल बंदर की बन जाएगी कोई आदमी कोई भैया पैर पीछे नहीं हिला देना क्योंकि ये मेरी लागे कोई आदमी कोई माता बहन कोई भैया पेड़ नहीं हिलाना चल तीन बोलूंगा ये खड़ा हो जाएगा सकल बदल जाएगी चार कह दूंगा सारी माता बहन भैया चले आना चार से पहले कोई आदमी पेड़ नहीं हिलाना उल्टी खोपड़ी पैर मतला सुनाई नहीं आ रही थे रे। रोक। इतनी बात समझ के कोई आदमी जाएगा मैं जाने वाले का हाथ नहीं पकड़ूंगा वो आदमी यहां से जाएगा रोके आएगा कैसे आएगा अपनी आंखों से देखो देवी माता सबको पहचान लो जो आदमी जो भैया तेरी मेरी बात को मान के खड़ा है उसके बच्चों का बला कर दे कहने का मतलब ये है कि ये जितने आदमी है सबका बेगड़ा काम बनाओ और जो चुगलखोर आदमी घमंड में आगे पैर हिलाके जा रहे हैं तो जाओ अपने बंदर में बांध लो एक पटक लगा मजमे के बाहर और रोएगा आपके नाम से यहाँ से काट के खून पिलाऊंगा अपने नाम से पीछा उसका करना जो घमंड में आगे पेड़ हिला रहे है बीच में लगा पटक रथ ये लो, सारे आदमियों के पैर का यहां बन गया अब तीन बोलूंगा ये खड़ा हो जाएगा चार के दूंगा सब चले जाना चार से पहले पैर हिला दिया पीछे गिर गया फिर निकलना कुंडल में दिखाऊंगा इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा हर खेल में इतने कुंडल में दिखाता हूं देखो बस चल एक बोलू खड़े मतो ना दो बोलू खड़े मतोना तीन पे खड़े होना तीन से पहले मैं दो बोलूंगा दो की आवाज में जितनी माता बहन भैया खड़े हो सारे आदमी माता बन भाई ये लकीर पे हो जाना अपनी जगह से लेन पे हो जाना अपनी जगह पे नहीं रुकना कभी कोई आदमी चक्कर खाके गिरी है चल जब मेरे मुंह का रंग लाल हो गया हाथ का है सारा दूध सारे आदमी लकीर पे तीन बोलने में आप खड़े चल, मिनट मिनट मेरी में में आ जाओ। का लेके, पूरे घूम लो। जो पैर लारे बीच में गिराओ। गिरा मुका रंग बदल जाए सारे आदमी आगे हो जाना ये मत समझ आगे मैं पीछे से हट पीछे गिर के मरेगा नहीं है तो अजमागे दे चल आंखों में आ जाओ देवी माता मुंह का रंग लाल हो जाना या सब आदमी आगो जल्दी मर आएगी इसकी इधर से पे हो जाओ बंद कर ले भैया भैया दांत बोलूंगा खड़े हो जाना बदल जाएगी सारे भाई ताजी जिस आदमी को बैठने के लिए बोलूं वो अपनी यहाँ पे नीचे बैठ जाना जल्दी जुल। बैठ भाई जल्दी बैठ जिसको बोलूं वही बैठना बैठना सर बैठना भैया बैठना चलो बैठ जा भाई बैठना दोस्त बैठ बैठा बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ सारे बच्चे बच्चे भाई भाई, जी, जी, जिसको बोले वही दूसरा नहीं, बेड़ भाई। बेड़ अंकल जी। दोनों बच्चे चल, जिसका हाथ है हाथ खोल देना नीचे बैठ अब तीन बोलूंगा आप खड़े हो जाना भैया बैठो बैठा बीच में आप ये बच्चे को नहीं जानते आपको ये बच्चा नहीं जानता देखो ये आपके घर का एड्रेस कैसे बताएगा आ जाओ सबका बेछान लो रुक जाओ तुम देख रहे हो ये ले जाओ हर द्वार के अंदर दो बच्चे मर गए, जादू करके परसों, लाग में ये ले जाओ बेटा अब ये बच्चा किसी को देखेगा नहीं देखो बोलो सही गलत है सही है।, सही है आ जाओ आ गए। इधर आ जाओ इधर से जानते हो हतीफ दी ये क्या है बेटा गड़ी। हैं? गड़ी। ये क्या है, ये, क्या है? ये नहीं पूछा नाम बताओ अब ये लोडा नीचे लेटेगा सारे भाइयों को राम, राम राम बोलेगा राम राम सब लेता नीचे लेटेगा ऊपर लेगा नाम बताएगा खिल खत्म हो जाएगा आप भी जाना और मैं भी जाऊंगा जा रहे हो बेटा सबको राम राम के जाना ऐसे मत जाना हाथ नहीं बांधना बंदा हाथ खोल देना सारे आदमी जा रहे हो चले जाओ बेटा राम राम सलाम वालेकुम। राम राम। थोड़ा कपड़ा खींच लो तो बस जैसे पड़े हो ना बेटा इसी ऊपर उड़ो आना बोलो भाई बच्चा एक लेट गया या दो उधर बच्चे का क्या है इधर क्या है क्या दो उड़ा दो, दो। ये कपड़ा दे दो काले वाला काले वाला कपड़ा चल हरिद्वार वाली मनसा देवी कलकत्ते वाले हाजर बाबा माता साईं बाबा इतना ऊपर ज्यादा नहीं एक दो तीन पैर पैर किसने मत हाथ खोलना सारे आदमी क्या हो गया मैं मना कर रहा था पेन नहीं लाना लाग कटी जाएगी कटगी लाग बोले ये बच्चों को दर्द हो रहा है बंद कर दू जा रख बोले ये डंडा मारा इसके मैंने छुरी मारी है देवी का मंत्र मार दिया बच्चे के दो टुकड़े हो गए पहला मंत्र मंत्र मार मार दिया मार दिया दिया, सीना दूसरा दो-चार आदमी कह रहे हैं सर को ढीला कर सबूत मैं दूंगा, बोलो हाथ में क्या, क्या पकड़ लिया क्या है ये क्या उठाई कहा रख दी तालीबा यादव सारे आदमी बस अल्लाह भगवान आप सबका भला करेगा कपड़ा चोड़ा कर दो भाई बोलो उधर बच्चे का क्या है, क्या है? ये या जुड़ा है बोलो चुगल होर के रहे था था दो सर सबूत में दूंगा या कागज उठाइए उधर मेरे बच्चे का पेड़ है बोलो है के नहीं भाई वो उधर मेरे बच्चे का पेर है और इधर मेरे बच्चे का सरे और बीच में जगह खाली खाली भैया सारे आदमी ले जाओ इधर ढूंढ इधर सर और बीच में यहाँ खाली बोलो मेरा कुछ कमाल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बोलो इसको उठा दू या मरने दू? दो उठा दू मुझे बोलो सारे आदमी पैर मिला के कपड़ा के दो उठा दू इसको मैं नहीं उठाऊंगा इसको सब उठाएंगे बोलो खेल एक ने देखा है सबने सब सब सब तो मैं पूजा सबसे लूंगा हिंदू से गंगा माँ के नाम से मुसलमान से अल्लाह के नाम से मेरा सारे आदमियों से ज्यादा नहीं एक मेरा बीस रुपए का सवाल है यह धरती माता और वो गंगा मैया के नाम से ताली भैया किसी दिल वाले के नाम से